देखना टोक्यो पैरा ओलंपिक है आज मैं आपको यह भी लिखा रहा हूं दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है अच्छे से इसे नोट कर लेना टोक्यो पैरा ओलंपिक पहली बात तो बात करो टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों कब स्टार्ट हुआ पहली बात तो कौन से नंबर का था सोलवे नंबर का मेरे साथ में नोट करना दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक अगर आपसे पूछे कौन से नंबर का है ये दोस्तों सोलवे नंबर का किसका सोलवे नंबर का है और सोलवे नंबर का कहा हुआ है टोक्यो के अंदर हुआ है अगर आपसे पूछे इस बार का शुभंकर क्या था तो लिखना दोस्तों इस इस का का है कौन है कौन दोस्तों दोस्तों था सबसे बढ़िया क्वेश्चन ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में दोस्तों लिखिएगा लिखिएगाहक थे में, टेक चंद, इसके और जो समापन समारोह था इसके अंदर दोस्तों नोट करना ये थे आपके अवनी लखेरा कौन है अवनी लखेरा दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा ये आपके समापन कार्यक्रम में ध्वज वाह कह तो पहला क्वेश्चन कौन से नंबर का इस सवाल को अच्छे से नोट करना कौन से नंबर का है? नंबर का तो है तो और समापन कार्यक्रम में अवनि लखेरा अगर आपसे पूछे कि भारत ने दोस्तों कितने खेल में कितने खिलाड़ियों को भेजा तो भारत ने नौ खेल में दोस्तों नौ खेल में चौवन खिलाड़ियों को भेजा ये एक लाइन महादेव की सौगंध तुम्हें नंबर दिलाएगी कि भारत ने नौ खेल में चौवन खिलाड़ियों को भेजा कल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के खिलाड़ी कितने गए थे किसके अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर किसका टोक्यो ओलंपिक है आज क्वेश्चन आ सकता है कि जो नो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी हैं फिफ्टी खिलाड़ी ये दोस्तों भारत के किसके अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक नेहले स्थान पर है और भारत की रैंक कौन सी है ट्वेंटी फोर जो है यह दोस्तों भारत की रैंक है तो पहले स्थान पर कौन है चाइना भारत की रैंक कौन सी है ट्वेंटी फोर यह अब अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है नोट करना ये अब तक का दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अगर बात करो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों वो भी भारत का क्या था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था अगर बात करूं टोक्यो पैरा ओलंपिक ये भी दोस्तों भारत का क्या है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 24 रैंक आप पूछोगे सर कितने पदक जीते गए सी का उल्लेख अनुच्छेद में नहीं है सी एक लीगल बॉडी है क्या है लीगल बॉडी है सी जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर आपसे पूछे भारत के चौवन खिलाड़ियों ने नौ अलग अलग खेलों में भाग लिया पहली बात तो पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है चीन जो है दोस्तों पदक तालिका में पहले दोस्तों में क्या है स्वर्ण पदक है यह नोट करना छियानवे क्या है स्वर्ण पदक टोटल पदक कितने दोस्तों किसके पास में चाइना के पास में अगर पूछे भारत की बात करो तो लिखना भारत के पास दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक कितने पदक हैं भारत है अगर पूछ ले आपसे सिल्वर है और छह दोस्तों क्या है छोट कर लीजिएगा इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल है कौन से ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल तो पांच गोल्ड है आठ सिल्वर है और छह दोस्तों क्या है छह ध्यान रखना ब्रॉन्ज मेडल है, पांच स्वर्ण पदक और दोस्तों कुछ खिलाड़ी कुल मिलाकर आपके लिए दस खिलाड़ी में लिखने वाला हूँ और इन्हें नोट कर लेना इसमें से आपके कोई ना कोई प्रश्न सीधा पेपर में छपेगा टोक्यो ओलंपिक हर किसी ने पढ़ा है खूब दोस्तों रज रज के पढ़ा टोक्यो ओलंपिक पेपर वाला देखना छपाएगा क्वेश्चन किसमें से तो क्यों पैरा ओलंपिक में पांच गोल्ड कौन कौन से हैं देखिए पहला जो गोल्ड जीता दोस्तों पहली बात तो अगर आपसे पूछे पहला पदक किसने जीता तो लिखना पहला पदक जीता दोस्तों भावीना पटेल किसने जीता है जो पटेल हैं इन्होंने पहला पदक जीता था किसके अंदर जीता है टेबल टेनिस के अंदर जीता दोस्तों और अगर आपसे पूछ लो कि दोस्तों भावीना पटेल ने कौन सा पदक जीता है सिल्वर पदक जीता तो पहली बात तो पहला पदक किसने जीता भावीना पटेल कौन सा पदक है सिल्वर मेडल और किसमें जीता है टेबल टेनिस ट तो ने जीता है, है? राजस्थान की है और अगर पूछे किसके अंदर जीता है शूटिंग के अंदर जीता और कौन सा पदक है स्वर्ण पदक एक खतरनाक क्वेश्चन है स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी कौन है वो दोस्तों अवनी लखेरा तो नोट करना अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों अगर पूछे आपसे कि स्वर्ण पदक ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में क्या नोट करना ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र जीतने वाली एकमात्र दोस्तों एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है तो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों उनका नाम है अवनी लखेरा कौन है अवनी लखेरा शूटिंग के अंदर दोस्तों पदक जीता अवनी लखेरा ने दोस्तों साथ में ध्यान रखना ब्रोंज पदक भी जीता इसको भी नोट कर लेना अगर आपसे पूछे अवनी लखेरा दोस्तों इन्होंने इसके साथ में का पदक भी जीता है कौन सा कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है इसके बाद में तीसरा नाम आता है दोस्तों सुमित अंतल क्या नाम आता है सुमित अंतल नोट कीजिएगा सुमित अंतल जो है दोस्तों इन्होंने पदक जीता है गोल्ड कौन सा जीता है इन्होंने पदक जीता स्वर्ण पदक है और अगर आपसे पूछे रहने वाले दोस्तों हरियाणा के है अगर मैं आपसे पूछू किस खेल में जीता तो लिखना भाला फै किसमें जीता है भाला फेंक में और भाला फेंक का मतलब दोस्तों थ्रो बनाया किसने सुमित अंतल ने कुल मिला के अगर आप सोच लो क्या अगर आप सोच लो तो कुछ भी दोस्तों क्या नहीं है असंभव नहीं है क्या कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप सोच लो देखिए सुमित अंत अंतल का है स्वर्ण पदक भाला फेंक फेकियन थ्रो के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों तो सुमित अंतल है, कितनी दूर भाला फेंका सुमित अंतल का, मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गोल्ड हो गया दोस्तों आपके सुमित अंतल गोल्ड हो गया तीसरा नाम लिखना मनीष नरवाल कौन का नाम है दोस्तों तीसरा लिखिएगा मनीष नरवाल इन्होंने दोस्तों नोट करना भी शूटिंग, के अंदर। किसमें? शूटिंग में, दोस्तों क्या किया है? में जीता क्या जीता? और जिस प्रतियोगिता के अंदर स्वर्ण पदक जीता उसी प्रतियोगिता में दोस्तों सिंह राज ने क्या जीता सिल्वर मेडल जीता जिसमें स्वर्ण जीता है उसी में दोस्तों जो सिंह रास्ते हमारे उन्होंने क्या जीता है उन्होंने ध्यान अगला नाम लिखेगा अगर पूछे प्रमोद भगत कौन नाम है अगला नाम है दोस्तों प्रमोद भगत भी कौन सा जीता है तो प्रमोद भगत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता खेल के अंदर बैडमिंटन के अंदर किसमें बैडमिंटन है और बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे तो पहले खिलाड़ी भी दोस्तों प्रमोद प्रमोद भगत हैं पहले खिलाड़ी बैडमिंटन के अंदर फिर इसके बाद में दूसरा स्वर्ण भी दोस्तों बैडमिंटन के अंदर आया और उनका नाम है कृष्णा नागर क्या नाम है कृष्णा नागर तो अगर आपसे पूछे कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इनका भी खेल कौन सा है इनका भी खेल है दोस्तों बैडमिंटन तो ये पांच भारत के क्या हो गए पांच भारत के दोस्तों गोल्ड मेडल हो गए देखिए गोल्ड किसने जीता ये पेपर वाले को भी पता है तुम्हें भी पता है भावीना देवी दोस्तों आपके भवानी देवी उन्होंने कोई पदक नहीं जीता फिर भी दोस्तों कल पेपर में पूछी गई थी क्योंकि तो उन्होंने उस खेल में खेल खेला जिसमें भारत में दोस्तों कोई नहीं खेलता अब मैं आपको चार पांच नाम और लिखाऊंगा आप छापना मेरे साथ में एक बार तो फटाफट इन पांचों के नाम फिर नोट कर लो आप सभी लाइन से जैसे टेबल बन जाएगी आपके पास में स्वर्ण पदक विजेता कौन है स्वर्ण पदक विजेता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर पहला नाम लिख लीजिएगा अवनि लखेरा कौन है अवनि दोस्तों अवनि लखेरा जो है ये ध्यान रखना पहली दोस्तों तो क्या हो गई पहली महिला है दूसरा नाम लिखिएगा सुमित अंतल कौन है सुमित अंतल हैं तीसरा नाम लिखिए दोस्तों इसके साथ में तीसरा नाम है मनीष नरवाल कौन है मनीष नरवाल है चौथा नाम है भाई साहब वो है प्रमोद भगत कौन है प्रमोद भगत हैं और पांचवा नाम है कृष्णा नागर कौन है नागर। अगर पूछे दोस्तों अवनी जो आपके अवनी है, कौन सा गोल्ड जीता है शूटिंग में किसमें जीता है शूटिंग के अंदर सुमित अंतल ने दोस्तों भाला फेंक थ्रो फेंोमेंनी में जीता है? थ्रो। दोस्तों बैडमिंटन में, में। बैडमिंटन के अंदर तो पांचों नाम आप नोट कीजिएगा इसके बाद में कुछ नाम और आपको लिखा रहा हूं और पहला नाम लिखिएगा सिंगराज का लिखोगे दोस्तों सिंहराज अगर आपसे पूछे कितने पदक जीते इन्होंने दोस्तों एक ही पैरा ओलंपिक में दो पदक जीते क्या दो पदक जीते हैं और नोट कर लेना पैरा एथलीट जो वर्ल्ड कप हुआ था ना उसमें दोस्तों गोल्ड किसने जीता था सिंहराज ने जीता किसमें वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर दो पदक जीते दोस्तों एक जीता है सिल्वर सिल्वर है जीता है और एक जीता है ब्रॉन्ज कौन सा है ब्रोंज मेडल और दोस्तों अगर पूछे खेल कौन सा है खेल है दोस्तों शूटिंग कौन सा है शूटिंग खेल है दो पदक दोस्तों जीत कर लाए इसके बाद में अगर आपसे पूछे अगला नाम लिखिएगा देवेंद्र झांझड़िया कौन है देवेंद्र झांजड़िया इन्होंने दोस्तों तीसरा पदक जीता क्या नोट करना आप सभी देवेंद्र झांजड़िया भारत के एकमात्र खिलाड़ी क्या भारत के एकमात्र दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक क्या ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में दोस्तों कितने पदक जीते हैं कुल तीन पदक जीते कितने तीन पदक जीते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में किसने देवेंद्र छांजड़िया एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों देवेंद्र छांजड़िया जो आपके सामने क्या जो आपके सामने है देवेंद्र छांझड़िया खिलाफिया एकमात्र खिलाड़ी खेल कौन सा है खेल है दोस्तों लिखना जेवेलियन थ्रो कौन सा है अगर आपसे पूछे खेल कौन सा है तो खेल लिखना दोस्तों जेवेलियन जो, थ्रो है, जो भाला है, ये दोस्तों खेल है किसका देवेंद्र छू कौन कौन से पदक इनके नाम है तो एक तो सन दो हजार चार में दोस्तों ओलंपिक हुआ था इसमें इनके नाम है गोल्ड क्या है? स्वर्ण पदक है सन 2016 में दोस्तों जो रियो ओलंपिक हुआ था रियो पैरा ओलंपिक इनमें भी दोस्तों इनके नाम है गोल्ड दो स्वर्ण पदक जीतने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी कौन है वो भी दोस्तों आपके देवेंद्र छांजड़िया कौन है दो स्वर्ण पदक दो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र जीतने वाले एकमात्र दोस्तों भारतीय कौन है वो भी ध्यान रखना देवेंद्र छांझड़िया तीसरा दोस्तों अगर आपसे पूछे दो में जो टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों इसके अंदर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल कौन सा जीता जीता है है सिल्वर या फिर दोस्तों दोस्तों जो रजत पदक है, वो इनके द्वारा गया तो तीन दोस्तों क्या हो चुके हैं टोटल तीन पदक आपके सामने अगर आपसे पूछे इसके अलावा दोस्तों एक नाम लिखना एक जिला अधिकारी है ये देखिए सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस क्षेत्र के जिलाधिकारी ने सिल्वर मेडल जीता देखिए क्वेश्चन क्या आया दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि किसने दोस्तों कौन है जो जिला अधिकारी है मतलब कि दोस्तों डीएम है क्या है डीएम है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जिन्होंने क्या जीता है जिन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता रजत पदक जीता है किस खेल के अंदर बैडमिंटन किसमें दोस्तों बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाले जिला अधिकारी कौन है सीधा पूछ लेगा आपसे तो नोट करना दोस्तों अगर अगर पूछे पूछे कौन कौन है है है तो उनका नाम है सुहास सुहास किसने दोस्तों दोस्तों हैं हैं और ये कहां के है? ये दोस्तों, के नोएडा के डीएम है कहा तो छाप लेना इस क्वेश्चन को आज ही मैंने आपको लिखा दिया है यह क्वेश्चन so, 100 आपके पेपर में छपने वाला है कि जो सुहास जो तो सुहास हैं बैडमिंटन दोस्तों जिलाधिकारी है, है कहास्तों नोएडा के हैं है? और ध्यान रखना मेडल कौन सा है मेडल है दोस्तों ध्यान रखना इनका रजत मेडल है किसका सुहास थी राज का अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखना मरिया थंगा वैलू। कौन है ये ये ये नाम मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं दोस्तों क्योंकि पहले पहले क्या थे को ध्वजवाहक थे। थे? थे। नहीं रहे इनका खेल रखना ऊंची कूद है वो इनका खेल है और अगर पूछे आपसे सन 2016 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था गोल्ड मेडल जीता था रियो के अंदर कहा रियो में और अगर आपसे पूछे सन 2020 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों मरियपन थंगा को राजीव गांधी खेल रतन पुरस्कार दिया गया और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि अब की बार इन्होंने कौन सा पदक जीता है तो नोट करना दोस्तों ऊंची ऊंची में में में सिल्वर मेडल जीता किसने टोक्यो टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक तो मरियपन में, में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है ठीक है, है, है अगला क्वेश्चन नोट करना अगर तुमसे पूछे अगर तुमसे पूछे पैरा ओलंपिक के इतिहास में यह बताओ तुम अगर तुमसे पूछे पैरा ओलंपिक के इतिहास में किस में पैरा ओलंपिक के इतिहास में दोस्तों पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता बताओ फटाफट किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता और दोस्तों किस महिला ने किस किस भारतीय महिला ने पहला दोस्तों अगर आपसे पूछे पहला पदक जीता जल्दी जल्दी छाप के बताओ अब देखते हैं किसका आंसर आएगा बताओ अगर आपसे पूछ पूछने क्वेश्चन दोनों की दोनों जो है देखिए याद करोगे दोस्तों जिस दिन पेपर होगा ना आपका उस दिन आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था वहां पर है ना एक साथ इतनी सारी जानकारी मैं आपको एक क्लास में दे रहा हूं यकीन मानिए दोस्तों सभी की फोटो मैं आपको दिखा दूंगा चिंता मत कीजिएगा सभी की दिखाऊंगा ना फिर भी आप यकीन मानिए हर सवाल आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्या अति महत्वपूर्ण जल्दी बताइएगा पैरा ओलंपिक में दोस्तों पहला जो स्वर्ण पदक है किस भारतीय ने जीता अवनी अवनी लखेरा अबनी लखेरा तुमने सवाल पढ़ा ही नहीं मेरी जान क्या तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा मैंने मैंने मैंने मैंने लिखा मैंने कब लिखा लिखा लिखा है है भारतीय भारतीय कब कब पर महिला महिला और और पुरुष क्या? और पुरुष क्या क्या अवनी लखेरा से पहले किसी भी भारतीय ने स्वर्ण पदक नहीं जीता क्या मैंने कहा लिखा पर तुम करते क्या हो तुम्हें रहती जल्दबाजी तुम हो दोस्तों रोकेट साइंस वाले ना। तुम्हें तुम आते हो कहा लिखा? लिखा हुआ इसमें कि मैंने इसमें लिखा हो महिला मुरली कांत पाटेकर लिख लो सवाल को और नोट कर लो मुरली कांत पाटेकर कौन है मुरली कांत पाटेकर कौन है मुरली कांत मैंने पर कहा लिखा अभिनव बिंद्रा वालों ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, में में है? तो मुरलीकांतर कौन है मुरलीकांतर है तैराक थे क्या थे तैराक थे, थे दोस्तों पहली बात तो थे और 1972 का पैरा क्या नाम है पाटेकर अब जो इस क्वेश्चन का आंसर लखेरा दे रहे हैं वो भी गलत हैं क्यों गलत हो मैंने यहां कहा लिखा है स्वर्ण पदक मैंने कब लिखा स्वर्ण पदक कहीं लिखा है मैंने कि स्वर्ण जीता आपके सिल्वर जीता या ब्रों जीता मैंने केवल लिखा है पहला पदक किसने जीता जो कर्णम मलेश्वरी दे रहे हैं वो भी गलत है मैंने यहां पूछा पैरा ओलंपिक क्या पूछा पैरा ओलंपिक दोनों क्वेश्चन को अलग-अलग आपको ध्यान रखना है और नोट करना दोस्तों ये आपके कौन है? अगर पूछ ले आपसे दीपा मलिक कौन है दीपा मलिक थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों सन दो का रियो ओलंपिक है सन दो का रियो पैरा ओलंपिक है और इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था किसने मलिक जो है इन्होंने जीता फिर कह रहा हूं कर्णम मलेश्वरी मत कर देना रसगुल्लो यार करणम मलेश्वरी मत कर देना मेरी जान लिख देता हूं ना हाँ नोट करना लिख देता हूं आप भी लिख लेना अगर आपको जरूरत लगे तो मलेश्वरी इसका आंसर नहीं होगा नोट करना इसका आंसर अवनी लखेरा नहीं होगा इसका आंसर ध्यान रखना आपके कौन नहीं होगा इसका आंसर अभिनव बिंद्रा भी नहीं होगा ठीक है इसका आंसर होगा ये दोनों इसके आंसर हैं ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा देख लो फोटो देखोगा फटाफट ये अवनि लखेरा है दोस्तों जो अंत में फ्लैग वैरियर रही थी ये आपके सामने एक सवाल और लिखो अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का टोक्यो ओलंपिक का क्या है चलो तुम बताओ टोक्यो ओलंपिक का या जो मोटो है वो दोस्तों क्या है इसे भी छापना बताओ एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कि टोक्यो ओलंपिक का जो है वो क्या है फटाफट छापेताओं फिर बताऊंगा आपको दोस्तों जो कल का पेपर था ना बस लास्ट बताओ एक बार अगर आपसे पूछे टोक्यो जो ओलंपिक है इसका ध्या वाक्य क्या है चलती एक और फटाफट छापो ना हाँ सोमेटी अरे सोमेटी शुभंकर थोड़ी पूछा है ध्य वाक्य पूछा है ना हाँ ध्यय वाक्य क्या है देखिये इसमें आप गलती करोगे सौ परसेंट कह रहा हूँ गलती करोगे आप में से कुछ लोगों का आंसर बाहर निकलेगा क्या बाहर निकलेगा कि गुरुजी क्या है ये है गुरुजी ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक का ध्यावाक्य गुरुजी और वो, वो है अल्टियस क्या निकलेगा बाहर अल्टियस है फोर्टियस है फोर्टियस है और दोस्तों अल्टियस फोर्टियस LTS, CTS, 40S, CTS, 40S, और गुरुजी गुरुजी. एक नया शब्द जुड़ जुड़ गया. क्या जुड़ गया? क्या है मुश्किल से याद मजाक थोड़ी है आपने मजाक समझ रखा है इतनी मुश्किल से याद करा था हमने कि अल्टी एस सिटीएस और कम्युनिटर गलत हो जाएगा लक्ष्य तेरा सामने रुक जा वो ध्य वाक्य नहीं है वो थीम सोंग है हाँ तो रुक जाए एक बार ना अगर आपके बार कमेंट करा तो फिर समझ थीम सॉन्ग अलग होता है क्या थीम सॉन्ग अलग होता है और ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन दो हजार में जब रियो ओलंपिक हुए थे ना तब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर तो नोट करना ये जो आपके सामने बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना ये दोस्तों ध्यान रखना ओलंपिक का अध्यय वाक्य क्या अगर आपसे पूछे ओलंपिक का ध्य वाक्य कौन सा है तो ओलंपिक का दोस्तों जो वाक्य है वो ध्यान रखना ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है क्या आदर्श वाक्य है किसका ओलंपिक का इस सवाल को नोट करना अगर पूछू ओलंपिक का कौन सा है तो वो तो दोस्तों अल्टियस सिटी फोर्टियस और कम्युनिटर अगर पूछो टोक्यो ओलंपिक का टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है तो ध्यान रखना दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन क्या है यूनाइटेड बाई इमोशन दोस्तों छाप के रखिएगा ये टोक्यो ओलंपिक किसका टोक्यो जो ओलंपिक है इसका ध्य वाक्य क्या है तो टोक्यो ओलंपिक का ध्य वाक्य है या दोस्तों आदर्श वाक्य है या मोटो अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कौन सा है यूनाइटेड बाई इमोशन कौन सा है यूनाइटेड बाई इमोशन देखिए आपने इतना पढ़ा फिर भी आपका सवाल सही नहीं हुआ तो समस्या जाए ना आपने पढ़ा और सवाल ठीक हो गया तो, तो मजा है इसीलिए आपसे कह रहा हूं यूनाइटेड बाई इमोशन जो है वो ध्यान रखना टोक्यो ओलंपिक का ध्य वाक्य है टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या अगर पूछे ओलंपिक कामिटर है अगर सवाल पूछे आपसे टोक्यो ओलंपिक का क्या है तो ये यूनाइटेड बाई इमोशन है सारे सवाल मैंने आपको नोट करा दिए ये सारे खिलाड़ी आपके सामने है प्रमोद भगत मनीष नरवाल अवनि लखेरा सुमित अंतल सुहास यथीराज दोस्तों सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं